मुझे दतार रहा था, मुझे था। ने दावाँ गया दावाँ गया। एक पीछे इस तो तेरे बंदे मैं चल इधर है गएगा